री भाभी और ये हमारे ब्लॉगर साहब और अभी ये सारा नीचे घर पहुँचा रहे हैं और ये सभी भाभी लोग आ गए हैं हेलो भाभी हाय कर दो हाय हाय हाय भाभी दूसरी भाभी हाय तो हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो कैसे हैं आप आई होप आप लोग ठीक ही होंगे मैं भी ठीक हूँ तो गाइज़ एक नई दिन की शुरुआत और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आ चुका हूँ एक नई ब्लॉग में तो गाइज़ आज हम चाची लोग के वहाँ मदद देने गए हैं तो सारा जितनी भी रेता है वो कुंटलों में थी तो उसे सभी लोग मदद करके पहुँचा रहे हैं नीचे घर और अभी मिलते हैं सभी से तो देखो ऐसे गांव में ऐसे मदद दी जा रही है महिलाओं द्वारा और ये इतनी सारी रेता नीचे घर में बचानी है ये देखो इतने सारे कट्टे भर रखे हैं और ये हमारी भाभियाँ कोई चाचियाँ और ताइजी सभी लोग भाभी लोग तो गैज देखो ऐसे रास्तों में इतना सारा सामान इतनी सारी रेता ले जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है देखो और रास्ते ऐसे हैं एकदम ही पूरे खराब और बारिशों के दिनों तो यहाँ पूरा कीचड़ी कीचड़ हो जाता है कुछ भी सामान नहीं ले जा जाता है और ये बहुत ही गांव में सबसे बड़ी दिक्कत यही है रास्ता और पानी तो देखो गाइज इतनी सारी महिलाएं इतना सारा रिस्क लेके कर उतनी कुंटल रेता को नीचे पहुंचा रहे हैं और रास्ते देखो पूरे मिट्टी से लतपथ और कंकड़ पत्थर सभी हैं और एक ठोकर लगने में पूरा चोट भी लग सकती है और देखो पूरा ऊपर से नीचे तक का रोड से यहाँ ला रहे हैं और यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं देखो अभी हमने इतनी सारी रेता साथ दी है यहाँ से तो यहाँ इतनी सारी रेता आधी रेता यहाँ है तो यहां और आधी रेता वहाँ है तो इतनी सारी रेता ने यहाँ नीचे सार दी है और भी बहुत सारे हैं, आधे तो ऊपर चले गए हैं क्या कहना चाहेंगे फिर हमारे दर्शकों को आप लोग कुछ पहाड़ी में कह दो कुछ नहीं दाद। क्या दिखे। खाना तो गई गाँव में ऐसा ही होता है कि किसी के भी घर में अगर कोई काम हो तो सभी लोग उसमें मदद करते हैं और सभी लोग का सभी लोग हाथ बटाते हैं क्योंकि जब कोई काम अगर खुद करा जाए अकेले करा जाए तो मेहनत भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और अभी तो इतनी सारी महिलाएं हैं और हम हैं तो कहाँ टाइम की बचत और मेहनत भी कम लग रही है बाकी रास्ता तो देख ही लिया है आपने कैसा रास्ता है तो अभी चलते ही अभी सभी रेस्ट कर रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद अभी इतनी सारी रेता और बची है यही पहुंचानी है गाइस तो थोड़ी बहुत ईंटें और थोड़ी रेता है तो रेता और ईट कोई कुछ महिलाएं ईंटों को ले जा रही हैं और कुछ महिलाएं रेता को ले जा रही हैं तो सारी रेता और ईंट नीचे घर में पहुंचाए जा रहे हैं तो अभी सभी लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था हो गई है बल चलो हो गए। यहाँ की है सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। देखो यह है चाय वाली हाई गाइज हेलो ये हमारे ब्लॉगर क्यों ये चाय आ चुकी है देखो पूजा पूजा चाय आ चुकी है देखो हेलो पांच मिनट आदि कहां को रमा चाह खबर दी हाल में मंग चाय फोटो बाऊ छ नहीं तो, तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तब तक के लिए देखते रहिए हंसते रहिए मुस्कराते रहिए